दड़ है तेरी बातें और यादें तेरी रु जाती है दिल रोते रोते रुकता है तो रूह बिखर सी जाती